दोस्तों फेसबुक तो हम सभी लोग यूज करते हैं और फेसबुक जो है दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है यहाँ पे जिसको हम सभी लोग यहाँ पे यूज करते हैं आज के टाइम पे शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके पास स्मार्टफोन हो और वो फेसबुक को यूज ना करे तो क्या आपने कभी सोचा है फेसबुक का जो कलर है जो उसका इंटरफेस है वो ब्लू कलर का क्यूं है अगर आप कंप्यूटर में यूज करते हैं लैपटॉप में यूज करते हैं तो आपने देखा होगा जब हम फेसबुक करके लिखते हैं तो जो उनका मेन पेज है या फिर जो उनका हेडर है मैक्सिमम चीजें जो है वो आपको ब्लू कलर में देखने को मिलता है Even, अगर आप फेसबुक का ऑफिशियल पेज को भी जाके आपको तो ब्लू कलर के दिखाई देते हैं और जो फेसबुक का एप्लीकेशन है हमारे पास के अंदर एंड्रॉइड हो चाहे आईओ हो एपल के फोन से उसके अंदर भी जो आपको उनका आईकन है वो आपको ब्लू कलर का देखने को मिलता है तो क्या आपने कभी सोचा है ये ब्लू क्यों है इसके पीछे एक रीजन है देखिए मार्केट में जितनी भी वेबसाइट लॉन्च होती है जो मेन होता है वो होता है उसका यू अब ये UI क्या है यूजर इंटरफेस मतलब कुछ ऐसे कलर कॉम्बिनेशन को बनाया जाए या फिर यूजर के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया जाए जो उसको पसंद आए लेकिन Facebook के केस में ऐसा नहीं था Facebook के केस में जो उनके ओनर है Mark Zuckerberg, उनको है। है इसका मतलब ये है कि कलर के कुछ हिस्से या कुछ कुछ कलर आपको सही तरीके से दिखाई नहीं देते जकरबग के साथ एक ये चीज है कि उनको रेड और ग्रीन कलर सही तरीके से वो देख नहीं पाते अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंधे है या फिर वो पूरे तरीके से दोनों कलर को नहीं देख पाते कुछ हद तक पहचान नहीं पाते हैं या फिर जिस तरीके से हम इन दोनों कलर्स को देख सकते हैं वो उस तरीके से नहीं देख सकते या तो उनको थोड़ा सा वो डल दिखाई देता है या कुछ ज्यादा ही हाई इंटेंस कलर दिखाई देता है वो ठीक है लेकिन जो ब्लू कलर है उसको वो परफेक्टली देख सकते हैं और और भी कुछ कलर्स हैं जिनको वो करेक्ट तरीके से नहीं देख सकते लेकिन जो रेड है वो ग्रीन है उस पे ये ज्यादा इंपैक्ट करता है ये उनको तब मालूम पड़ा जब वो फेसबुक बना चुके थे और तब उन्होंने एक बार चेकअप कराया उनको मालूम पड़ा कि ठीक है ये दोनों कलर्स उनको साफ नहीं दिखते हैं तभी जब वो फेसबुक को डेवलप कर रहे थे तो उन्होंने शायद ब्लू कलर को सिलेक्ट किया क्योंकि वो उनको बहुत सही तरीके से देख सकते हैं फेसबुक मार्केट में 2004 में आया था और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार पूछ लिया जाता है आप लोगों से किसी किसी जगह पे कि बताओ इसका कलर जो है वो ब्लू क्यों है अब ये सिर्फ इतने पे ही खत्म नहीं होता मार्क जुकर ये कहते हैं कि ब्लू कलर जो है वो उनके लिए richest कलर है अब चाहे आप इसको अमीरी के तरीके में समझ लो या फिर एक अच्छा कलर समझ लो और ऑब्वियसली बात है वो रिचेस्ट बन के साबित हुआ है उनके लिए आज के टाइम पे उनके पास फेसबुक है उनके पास यहाँ पे इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप भी उन्होंने बाइट कर ही लिया है सो काफी सारे फैक्ट्स हैं इसके पीछे इवन अगर उनके घर की बात करें तो यहाँ पे जो रिपोर्ट्स है हमारे पास वो ये कहते हैं जो उनके घर के दीवार है वॉल्स है उनको भी उन्होंने ब्लू कलर के करा रखे अलग अलग शेड्स दे रखे उन्होंने ब्लू कलू कलर के इतना ही ब्लू ब्लू ज्यादा ब्लू ब्लू नहीं करना फैमिली शो है रिसेंटली उन्होंने फेसबुक का डार्क मोड लॉन्च किया है यहाँ पे डेस्कटॉप के लिए जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं जैसे कि अगर आप रात वगैरह में यूज करें तो व्हाइट कलर जो इंटरफेस है ना मैक्सिमम वो आंखों के ऊपर इंपैक्ट करता है तो फेसबुक ने अपना डार्क मोड निकाल दिया है उस वीडियो को आप चाहे तो चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन है अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें बेलाइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिला हो तो इसको जरूर लाइक करें और आप बताएं कमेंट्स में क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन मालूम था क्या आपको ये पहले से पता था या नहीं पता था मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस